मेरे मेरे और है मेरे मेरे और और नमस्कार नमस्कार नमस्कार माताएं बहनों को को को युवा भाइयों भी बच्चों प्यार मैं सभी क्षेत्र वासियों से कहूँगी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है भगवान राम की लीला चल रही है ये सभी इतने उससे बैठे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी सभी से मैं कहूंगी बहुत ही अच्छा है सब मिलकर और समाज के लोग बैठे हैं सबको संगठन सब से रहना चाहिए और सब सब मिल ही रहना चाहिए और मैं नोरपुर विधानसभा से डॉक्टर समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी से टिकट का आवेदन करा के सभी मेरा सहयोग करें और समान करें क्षेत्र में घूम रही हूँ समाजवादी पार्टी से मैंने अपने सैनी समाज को जोड़ने का काम किया है और अब तक मेरे घूमने का जो अनुभव है सैनी समाज ने मेरा सहयोग कराया और सब मिल सहयोग कर रहे हैं चाहूंगी के, के भगवान मेरा साथ ऐसी दे और सैनी समाज मेरा साथ दे जिससे की मैं समाजवादी पार्टी के और सभी समाज लोगों को सभी समाज लोगों को समझ के रहना होगा और समझ के करना होगा तभी हमारी समाजवादी पार्टी बनेगी और मैं समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन करूंगी समाजवादी पार्टी के लिए मैं वोट मांगूंगी और सहयोग मांगांगी और जो भी मैंने जाकर कुछ कहा हो तो क्षमा जाऊंगी मैंने सभी समाज के लोगों से विनती कर अनुरोध कराए ये कोई भी भैया आना क्योंकि हर समाज, समाज के बोर्ड को ही सफलता मिलती है और समाज को मैंने पारे जोड़ने का काम किया है की कि सहनी समाज अपने समाज की बेटी को और बहन को सभी में इनके सहयोग करें बस मेरी यही प्रार्थना है कि मैं